जा भाग जा भाग भाजा ऐसे कई भी भाजपा बादल वो शैतान नेगी तुझे हर जगह ढूंढ रहा है जानता हूं मुझे भी उसी का इंतजार हो अरे तो यही पे रुक। समझ गया पहाड़ी कपड़ों में देखते ही समझ गया कि ये अपनी जात पर आ गया है मैंने कहा था दोबारा दिखे तो मर जाओगे देर किस बात की है पिस्तौल आपके पास है सीना सामने उठाओ पिस्तौल और चलाओ गोली सीने पे गोली चलाने की आदत चली गई है तो पीठ पे चलाओ उसमें तो काफी माहिर है आप वादा रहा जब भी मैं गोली चलाऊंगा तुम्हारे सीने पर चलाऊंगा और वो भी ताइनी तरफ ताकि तुम तड़प तड़प कर मर सको ऐसी गलती मत करना नेगी साहब अगर ताए पाए के चक्कर में निशाना चुप गया तो मैं आपको तड़पने का मौका भी नहीं दूंगा किस चोर में सर एक पुलिस ऑफिसर पर हाथ उठाने के जुर्म गिरफ्तार कर लो इसे राइट right.